तो 25-30 साल तक होगी उसके बाद नहीं है ये खूबसूरती खूबसूरती तो ये रहेगी कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं अब तो बस चारों और किताबें हों और किसती तो पच्चीस तीस साल तक होगी उसके बाद नहीं है ये खूबसूरती खूबसूरती तो ये रहेगी कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी